तो बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 के एनसीआर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.3 पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन हिंदी मीडियम में दिख रहा है इसे मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगा और उसके बाद मैं आगे इसको सोल्व करके दिखाऊंगा बस हमारे साथ बने रहिएगा एक्सरसाइज 9.3 के सारे प्रश्न इस क्वेश्चन में मतलब इस वीडियो में हो जाएंगे जिसमें कुल मिलाकर के सोलह क्वेश्चन है कितने हैं सिक्सटीन है तो आप पूरा एंड तक देखना देखिये इसमें सब कुछ अभी आपको मिल जाएगा क्वेश्चन कहता है इंग्लिश में पढ़ रहा हूं हिंदी में स्क्रीन पे आप लोग देख लो किताब है आपके पास एनसीईआरटी उसमें देखो लिखा है इन फिगर ई ओनली पॉइंट ऑन मीडियन एडी ऑफ सॉरी एनी पॉइंट ऑफ ऑन मीडियन एडी ठीक है आप एबीसी सो एरिया ऑफ सीई देखो इसका मतलब समझो जो ये फिगर दिया गया है इसे मैं पहले आपको बना के यहाँ पे दिखाऊं तब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा है ना तो चलिए मैं फिगर बना लेता हूँ देखिए पीछे साइड में हम चित्र बनाना शुरू कर चुके हैं आइए आपके साथ दिखाते हैं ये एक ट्राइंगल है ए बी सी देखो बेटा क्वेश्चन स्क्रीन पर हिंदी में लिखा है कि त्रिभुज एबीसी की एक माध्यिका एडी पर स्थित ई e कोई बिंदु है तो त्रिभुज ए बन गया इसकी माध्यिका ये मैंने खींच दिया जिसे मीडियम बोलते हैं ठीक है माद्यिका का नाम हो गया एडी कह रहा है कि बेटा इसी ए डी पर स्थित ई e कोई बिंदु है तो इसी पर क्या है ई e एक बिंदु स्थित है क्या नाम है इसका ई फॉर एलिफेंट आगे कह रहा है कि दर्शाइए मतलब प्रूव कीजिए सिद्ध कीजिए कि एरिया ऑफ ए बी ई ए बी ई ध्यान देना ए बी ई e. यानी इसका जो एरिया है अभी मिला तो है नहीं तो इसको हम पहले मिला लेते हैं जितना कह रहा है देखो आप समझो मिल गया एरिया ऑफ ए बी ई यानी इसका जो क्षेत्रफल है जहां मैं हाथ रख रहा हूं ध्यान देना इसका जो एरिया है वो किसके बराबर है बेटा वो बराबर है एरिया ऑफ ए सी ई यानी ए सी ई मतलब आ, ये जो है एरिया यानी ये अगर मैं बोलूं इसमें मैंने P लिख दिया इसमें मैंने Q लिख दिया या फिर E वाला मान लो जिसमें E लिखा है या Q लिखा है तो ये इतने का पूरा एरिया और इतने का पूरा एरिया आपस में बराबर है ये हमें करके दिखाना है ठीक है आइए चलिए फिर शुरू करते हैं इसको मैं मिटा देता हूँ केवल समझने के लिए लिखा था इसमें ए e हो गया कैसे हल करेंगे ध्यान दीजिए अब तो हम क्वेश्चन को स्क्रीन से हटा देंगे देखो बेटा यहाँ से इसका सोलूशन स्टार्ट होता है क्वेश्चन वहां से और ये यहाँ पे फिगर बना है त्रिभुज ए बी सी में एडी क्या है माध्यिका है लिखिए पहले दिया है क्या है दिया है और लिखेंगे गिबन क्या लिखेंगे इंग्लिश वाले लिखेंगे गिबन क्या दिया बेटा लिखो एक त्रिभुज ए बी सी जिसकी मादिका एडी है दिया है ठीक है ये दिया है है, कि एक त्रिभुज एबीसी जिसकी एडी है। तो भैया अगर ये दिया है तो जो एडी है, ध्यान देना ये एडी, वो इस त्रिभुज को दो बराबर पार्ट में इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना नहीं है ना नीचे लिखो ये हो गया दिया है ओके अब नीचे लिखिए कामा लगा के त्रिभुज एबीसी की माधिका है मतलब मीडियन है ये माधिका है ठीक है शॉर्टकट में है तो तो क्या होगा ये दोनों ट्राइंगल आपस में बराबर होंगे एबीडी और एसीडी या फिर ए ठीक है तो लिखो ट्राइंगल एबीडी और एसीडी आपस में बराबर है तो ट्राइंगल एबीडी एबीडी इक्वल ट्रैंगल ए ठीक है ये क्या होंगे बबुआ ये आपस में बराबर होंगे इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अगर ये मादिका है तो त्रिभुज को दो बराबर भागों में ये बांटेगी ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया पहला यहाँ पे लिख लीजिए इसलिए ठीक है हमें क्या करना है हमें ये दिखाना है कि जो दोनों मादिका खींचने के बाद में जो ये क्षेत्र बन रहा है और ये क्षेत्र बन है ये आपस में इनकी एरिया बराबर है क्षेत्रफल बराबर है बहुत आसान है समझते चलना है जो बच्चे कमेंट के पीछे पढ़े बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो नहीं समझ में नहीं आएगा ठीक है ये नई क्लास है लाइव हो रही मैं सबका कमेंट देख रहा हूं डोंट वरी रोहित कुमार कमेंट आ रहा तुम बहुत परेशान हो बेटा ध्यान दो चलो अब इसी तरह नीचे लिखो इसी तरह जैसे ए बी टी यानी ए बी डी ट्राइंगल इस ट्राइंगल के बराबर है देखो बच्चा उसी तरह ये छोटका ट्राइंगल भी आपस में बराबर होगा ई बी सी में है ना लिखो इसी तरह त्रिभुज ई e, बी सी में भैया ई e, बी सी कहा है देखो ए ई बी सी यानी ये छोटका वाला नीचे वाला जो ट्राइंगल है इसमें देखो एरिया ऑफ ई बी डी लिखो एरिया ऑफ ई बी डी इक्वल एरिया ऑफ ईसीडी ईसीडी ये आपस में बराबर होगी इक्वेशन नंबर हो गया सेकंड इसमें कोई दिक्कत नहीं नहीं ना अगर बड़े वाले त्रिभुज में लेंगे बेटा तो ये पूरा का पूरा बराबर होगा इसके और अगर छोटके वाले त्रिभुज में लेंगे जहां पर ई लिखा है तो हमें ये दोनों क्या है बराबर दिए हैं अब लिखिए सब समीकरण दो माइनस समीकरण एक हिंदी में लिख लीजिए समीकरण सेकेंड माइनस समीकरण फर्स्ट दोनों समीकरण को आपस में सब कर देंगे तो देखो बेटा ये ए बी डी है बराबर ए सी डी के बराबर है हुँ? समझते चलना और ये क्या है ई बी डी है तो जब इसमें से यानी पूरे बड़के वाले से इसको घटाएंगे तो बबुआ ए बी ई बचेगा ना क्या बचेगा ए बीई e बचेगा ना लिख लो तो पहले तुम लिख ही लो लिखो ट्रेंगल ए बी डी माइनस ट्रेंगल ई बी डी ई बी डी इक्वल इधर वाला लिख लो ट्रेंगल ए सी डी ये लिखा मैंने माइनस ये ट्रैंगल ई e, सी डी ठीक है ये हो गया डन इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना चलो अब समझो भाई सीधी सी बात है मोटा मोटा समझ लो आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो एकदम रिंची भर दिमाग लगा लो बच्चा लगा लो ना देखो क्या करना है ए बी डी ए बी डी अगर मैं इधर बना दूं तुम्हें समझाने के लिए तो थोड़ा गुरेज नहीं करना आ, इसे थोड़ा सा समझना ये क्या है बेटा समझना बस थोड़ा सा ए बी डी बोलो बना ना मैंने सिर्फ ए बी डी उधर बनाया इतना इसमें से निकाल के और इसमें एक थी और है ये बीच वाली लाइन जो थी यहाँ पर ई था ना समझना बहुत प्यार से समझना बिल्कुल दिल लगा के देखो समझो तो मैं क्या बोल रहा हूँ ए बी डी मतलब वो पूरे वाले ट्राइंगल से जो मैं पहले बनाया था ई बी डी घटा देना है ई बी डी घटा देना है मतलब मतलब ई बी डी घटा देना मतलब ये ट्राइंगल इसमें से हटा देना है तो देखो बेटा ये मैंने हटा दिया हटा दिया क्या बचा ए बी ई ना यही तो हमें लाना था यही तो हमें लाना था ना नीचे लिखो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी ई ठीक है इक्वल यही कंडीशन इधर भी करोगे बेटा ए सी डी से जब तुम छोटका वाला ट्रेंगल घटा दोगे जिसका नाम है ई सी डी तो ये बच जाएगा ए सीई e, क्या बचेगा ए सीई ट्रेंगल ए सी ई यही तो हमें लाना था लिख दीजिए हिंदी वाले लिख देंगे अतः सिद्ध हुआ हिंदी वाले लिखेंगे अतः सिद्ध हुआ इंग्लिश वाला लिखेगा बच्चा hence proved. पहला क्वेश्चन डन हो गया कोई डाउट है तो बता दो जल्दी करिए स्क्रीन शार्ट लीजिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जल्दी ही आपके सामने आ रहा है बहुत जल्दी करिए नाइन पॉइंट क्वेश्चन नंबर सेकेंड आइए देखते हैं स्क्रीन पर आपके प्रश्न दिख रहा है बड़ा ही प्यार से देखना और पूरा एंड तक देखना जिससे कि समझ में आए ठीक है बेटा हिंदी में लिखा है मैं इसे इंग्लिश में पढ़ के सुना देता हूं आप सुन लीजिए क्वेश्चन कह रहा है इन आ ट्रैंगल एबीसी इन ट्राइंगल ए एबीसी ई इज मिड पॉइंट ऑफ मीडियन एडी इन द ट्राइंगल एबीसी ई इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन ए डी सो दट एरिया ऑफ बी इक्वल ए एरिया ऑफ एबीसी ये हमें करके दिखाना है आ, लेकिन इसमें तो ठीक है तो क्वेश्चन फोर ही लाना है ठीक है, है? तो है, है. है, है चलो तो हमें यह करना है कह रहा है हिंदी में देख लीजिए एबीसी में e, का है. इस फिगर को मैं एक बार फिर से समझा दू अगर आपको तो आप यहां से समझ लो भाई समझाने के लिए मिटा दे रहा हूं समझ लीजिए कह रहा कि त्रिभुज जो ए बी सी है ना बाबू इसकी एक मादिका एडी है आप सभी माध्यिका खींचना जानते हो इसमें किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं माध्यिका खींचने में तो ये क्या है एक त्रिभुज है ए बी सी ठीक है इसकी एक मादिका खींचा जिसका नाम है ए क्या नाम है बेटा ए तो अब इस माद्यिका में क्या कह रहा वो कह रहा कि इस मादिका का मिड पॉइंट ई है मतलब इस मादिका में भी एक मिड पॉइंट है जिसका नाम ई है तो ऐसी स्थिति में दिखाना है कि बी ई डी का जो क्षेत्रफल है बेटा कौन सा बी ई डी यानी ये जो एरिया है ये ये त्रिभुज का वो इस पूरे ट्राइंगल के यानी ए बी सी जो बड़का वाला ट्राइंगल बना है उसकी पूरी एरिया के एक बटा के बराबर है कहने का यह मतलब हुआ कि अगर इस पूरे एबीसी त्रिभुज की जो एरिया है यानी क्षेत्रफल है अगर वो चार यूनिट है चार इकाई है तो इसका अकेले का वन यूनिट है या वन इकाई है ऐसा सिद्ध करना है ठीक है आ जाओ चलो फटाफट कर लेते हैं देखो इसमें दिया है लिखो गिवन या हिंदी में लिखें दिया है ट्रेंगल एबीसी जिसकी मादिका एडी है इतना दिया है इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो बेटा अगर ये दिया है तो यहां पर होगा इसलिए त्रिभुज ए बी डी इक्वल त्रिभुज ए सी डी ये भी ऐसा होगा क्यों होगा आप कहोगे भैया ऐसा कैसे होगा देखो बेटा अगर ए बी सी की मादिका ए डी है तो ये मादिका त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट रही है यानी एक त्रिभुज ए बी डी एक त्रिभुज ए सी डी दोनों आपस में बराबर होंगे अगर माध्यिका खींची जाती है तो त्रिभुज दो भाग में बढ़ जाता बराबर, बराबर, ठीक है इतने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो बेटा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इक्वल प्लस A, C, D, A, C, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज बड़का वाला ए है उसको लाने के लिए इन दोनों छोटे त्रिभुजों को जोड़ा भी जा सकता है ठीक है चलो तो अब इसमें हम एक काम और कर सकते हैं ध्यान देना ट्रेंगल ए इक्वल ट्रेंगल ए बी डी धन ट्रेंगल ए आप कहोगे ये कौन नया लफड़ा कर दिए आप तो ए की जगह पर ए लिख दिए हाँ लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर हमने देखा कि जो ए है वो ए के बराबर है तो चाहे हम एबीडी की जगह ए सी डी लिख दें या फिर ए सी डी की जगह पर हम ए बी डी लिख दें दोनों की बात एक है होती है तो हमने वही तो किया इसमें कौन गुनाह किया हा? चलो तो अभी से हम लिख सकते हैं ट्रैंगल ए बी सी इक्वल ये दोनों जुड़ जाएगा बेटा ठीक है क्या होगा ये दोनों ये दोनों जुड़ जाएगा अब इन दोनों को समझना जुड़ेगा तो क्या होगा देखो ये बी है ये भी ए है तो दोनों जब जुड़ेगा तो हाफ ए हो जाएगा क्या हो जाएगा हाफ ए यानी एक बटा दो ए मतलब समझ में आया ये क्या हो गया एक बटा दो ए नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता गलत है क्यों इसमें हाफ कहां से आ जाएगा भाई ए ए जुड़ता है तो टू ए होता है ना? तो वैसे अगर ये दो बार जुड़ेगा तो ये बच्चा टू ए होगा क्या होगा 2 होगा आप सही है अब कोई दिक्कत नहीं किसी को नहीं ना हाँ इसमें आप त्रिभुज भी लिख सकते हो या फिर टू ए बी डी भी लिख सकते हो चाहे इसको ऐसे भी लिख लो ट्री डी ठीक है तो जब दो इधर आएगा दूसरी साइड में तब ये बनेगा हाफ ट्रैंगल एबीसी इक्वल ए बी डी ठीक है अब यह आपका बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या बन गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट समीकरण नंबर एक हो गया इसको लिख लीजिए कोई डाउट है तो बता दीजिए देखो कुछ लोग कंफ्यूज होंगे तो बेटा चाहे तो तुम इसको टू ऐसे लिखो या केवल टू लिखो त्रिभुज का बिना चिन्ह लगाए मतलब दोनों का एक है हुआ यहां पे हर कोई जान रहा है कि त्रिभुज की बात हो रही ठीक है आगे बढ़े चलिए इतना लिख लीजिए फटाफट अभी तक हमने क्या देखा अभी तक हमने देखा त्रिभुज एबीसी में ना अब हम छोटे छोटे त्रिभुजों का हिसाब करेंगे त्रिभुज ABD में अब इधर वाले त्रिभुज में आ जाएंगे क्योंकि हमें इसी से संबंधित कुछ लाना है ना हम कर लेंगे ना चलो देखो नीचे लिखो हिंदी में लिखेंगे ठीक है लिखिए त्रिभुज ABD में ध्यान देना ABD में हम केवल आधा त्रिभुज की बात कर रहे हैं सिर्फ आधे त्रिभुज की बात कर रहे हैं ए में लिखो B E इज द मीडियन ऑफ भैया हो इसको अलग बना दे तुम्हें समझाने के लिए देखो अलग बना दे तो तुम ज्यादा समझ पाओगे समझना ये क्या है ये A B D है देखो बेटा उसी का एक पार्ट है मैं निकाल के यहाँ लाया हूं तुम्हें समझाने के लिए समझना यहाँ पे D है यहाँ पे B है ठीक है डन वो जो गंदा वाला गोचा है वो डी है इधर वाला बी है समझना कहीं भी कुछ भी नाम लिख लो लेकिन जैसे यहां नाम लिखा वैसे ही लिखना है इसमें एक लाइन ई खींची गई है इसे तुम समझने की कोशिश करना ये ऐसे खींची गई है ना तो बेटा जो ये बी ई है ना ये त्रिभुज की मादिका है क्या है मादिका है और मादिका हमेशा त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है क्या करती है मादिका हमेशा त्रिभुज को दो बराबर बराबर, बराबर भागों में बांटती है तो हम इस त्रिभुज में क्या करेंगे बेटा लिख लो BE त्रिभुज ABD में BE त्रिभुज ABD की मादिका है क्या है मादिका है इंग्लिश वाले लिख लेंगे इन ट्राइंगल ABD BE डी बी e इज द बीई इज द मीडियम ऑफ ABD ठीक है तो ऐसी स्थिति में बेटा जो AE है वो DE के बराबर होगी कौन AE जो है वो DE के बराबर होगी भाई सीधी सी बात है अगर ये मादिका है तो इसको आधा आधा बांटेगी नहीं बांटेगी ना तो लिखो AE डी ई ये शार्टकट में लिख दे रहे तुम्हारे काम आएगा अभी भैया हो देखो ये समझो आओ समझो अगर ये त्रिभुज ABD था ये एक मादिका हो गई मादिका मतलब जो बीच में से काटती है अरे ये त्रिभुज को थोड़ा घुमा लो अगर अगर इसको ऐसे कर लो घुमा के तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा वो थोड़ा टेढ़ा बनाया अलग तरह का ऐसे बनाया अब समझो आ, ये ए डी है देखो बेटा आप समझो ये अब सीधा बनाया मैंने अब मैंने सीधा बनाया इसी तिरभुज को मैंने सीधा कर लिया बस समझो ये जो बी था ना मैंने इसको ऊपर लिख दिया मतलब इसको मैंने ऐसे घुमा दिया पकड़ के बस और कुछ नहीं किया तो भाई हो अगर इसको ये आधा आधा काट रहा है ना तो ये दोनों बराबर होगा आपस में नहीं होगा ना बराबर यानी ए बी डी के क्या होगा सॉरी बी डी नहीं आ रही है तो वही चीज तो मैंने लिखा है चलो आगे अब देखो बी e, लिखो त्रिभुज फटाफट लिखो बीई ए e, बराबर बीई डी e, बीई डी e, यानी यह त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर होगा नीचे लिखो त्रिभुज बीई डी बीई डी बराबर ट्रैंगल बी ई e, ए ठीक है चाहे इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो या इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है अब देखो ए बी डी जैसे ऊपर करे हैं ना इसको जोड़ के वैसे सब कुछ इसमें भी करना है कुछ नया नहीं करना है वैसे सब कुछ करना है ठीक है तो नीचे अभी एक लाइन दिख रहा है तो मैं नीचे और लिख दे रहा हूं समझते चलना कोई दिक्कत नहीं लेना आप लिखो ट्रैंगल पूरा पूरा ए बी डी ए बी डी बढ़ के वाले में इसके बराबर हम लिख सकते हैं इन दोनों त्रिभुजों को जोड़कर ए बी ई e, धन बी ई डी है ना ठीक है तो चलो लिखो या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो बी ई ए और प्लस ये दूसरा वाला बी ई डी ठीक है तो लिखो ट्रेंगल बी ई ए धन ट्रेंगल B E D ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना B E D भाई सीधी सी बात है मोटा मोटा समझ लो देखो बेटा ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों को जोड़ रहे हैं दोनों को क्या कर रहे हैं आपस में जोड़ करके ये पूरा बड़का वाला बना रहे हैं बस हाँ तो क्या बुराई है यही तो कर रहे हैं ना इधर ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं ना अब बेटा देखो यहां पर एक चीज समझो हमें बीईडी -E में ही सिद्ध करना था ना बीई डी -E लाना था सिद्ध करने में और ए बी सी लाना था बीई डी -E लाना है ए बी सी लाना है लेकिन यहां पर एबीसी तो अभी है नहीं तो हम क्या करेंगे बीई ए -E को यहां से हटा देंगे क्योंकि बीई ए -E जो है बीई डी -E के बराबर है इसके आगे अब हम उधर साइड में करेंगे आइए समझिए देखिए बहुत ही दिल लगा के समझेंगे तो पूरा समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं होगी जहां तक नीचे लिखे हैं उसके बाद इधर आ जाइए जल्दी से इधर आ जाइए फटाफट बिल्कुल देर नहीं करना अगर आप कहोगे तो मैं कैमरा इधर भी घुमा दूंगा कोई दिक्कत नहीं हाँ चलो समझते जाना बस बड़ा प्यार से समझो आओ चलो चलो समझाते हैं लिखो बेटा ट्रेंगल ए बी डी बराबर हाँ लिखो यहाँ पे ट्रेंगल ए बी डी बराबर ए बी डी बराबर लिखो इसकी जगह पे हम लिख देंगे बीई डी क्यों लिख देंगे क्योंकि ऊपर देखो बीई ए बी डी के बराबर है बराबर है ना बच्चा तो चलो लिखो फटाफट फटाफट लिखो बीईडी धन बीई डी ट्रेंगल बीई डी प्लस ट्रेंगल बीई डी देखो मैंने बराबर क्यों लिख दिया क्योंकि ये आपस में बराबर था यानी इसकी जगह पर इसको लिखा जा सकता है और ये तो ऑलरेडी था इसलिए ऐसा हो गया तो अब ये ट्रैंगल ए बी डी इक्वल टू ट्राइंगल बी ई डी यहां ये बन जाएगा एक बटा दो ट्रैंगल ए बी डी इक्वल ट्रैंगल बी ई डी ठीक है थोड़ा इसमें ट्राइंगल का चिन्ह लगा लो हल्का गंदा सा बन गया है तो थोड़ा संभल जाओ लिख लीजिए ये ट्रैंगल लगा दीजिए ए बी डी इक्वल बी ई डी ट्रैंगल का चिन्ह लगा लो या ना लगा लो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है त्रिभुज सब त्रिभुजा लिखा है चलो इतना हो गया इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को तो बेटा अब इनको क्या करोगे आप इनको क्या करोगे हाफ ए बी डी बराबर बीई डी e, जो ना ये आपका एक प्रकार से एक त्रिभुज बन गया बन गया कि नहीं इतना लिख लो जल्दी से फटाफट फटाफट लिखो ये जल्दी से लिखो फिर आगे बढ़े हो गया चलो ये आपका इक्वेशन नंबर एक अलग हो गया इक्वेशन नंबर आपका सेकेंड हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहीं मिला था ये मिला था मिला था ना हमें सिद्ध क्या करना था क्वेश्चन दिखाओ क्वेश्चन देखो एक सेकेंड फिर जाना क्वेश्चन देखो कह रहा था कि एक बटा चार ए के बराबर है पीई ठीक है चलो आंसर आ गया कुछ लोग सोच रहे होंगे कैसे ये तो बड़ा घूम फिर गया आंसर आ गया देखो कैसे देखो बेटा जो ट्राइंगल एबीडी है ना वास्तव में ए बी डी की जगह पे हम हाफ एबीसी लिख सकते हैं यहाँ ध्यान दो तो समीकरण एक से एबीडी की जगह पर हाफ एबीसी लिख सकते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा एक बटा दो ऐसे रहेगा इसकी जगह पर हाफ ए बी सी को बंद और बीई डी e, कोई दिक्कत नहीं किसी को ना ए बी की जगह पे समीकरण एक से हम इसको पूरे को लिख देंगे इनका अंदर में गुड़ा करेंगे बेटा तो ये एक बटा हो जाएगा और ए इक्वल बीई -E हो गया लिख दो इति सिद्धम अतः सिद्ध हुआ अतः सिद्ध हुआ लेकिन इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा एक बार में लिख लो काहे बार बार लिखोगे जहां भी इसे लिखिए ये तो मैं जल्दी जल्दी में लिख दे रहा हूं आप लोग ध्यान देना तुरंत मत लिखते चलो जब भी लिखा करो ऐसे वन अपान ये ट्रेंगल ए बी सी बस लिख दो इति सिद्धम अतः सिद्ध हुआ ठीक है देखिए समझने वाला चीज है थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि इसमें बहुत आसान नहीं है कि बस खटाखट करते जाओ समझने वाली चीजें हैं ठीक है डन आगे बढ़ें एनी डाउट बताओ जल्दी करो हो गया चलिए स्क्रीन शाट लीजिए मैं सामने से डोलता रहता हूँ इसलिए कि आप लिख सको ऐसा नहीं कि एक जगह में जाम हो जाऊँ छुपा करके नहीं मैं ऐसे डोलता रहता हूँ डगर मगर कि तुम इधर वाला देख के लिखो उधर वाला देख के लिखो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी करिए जिनको स्क्रीन शार्ट लेना वीडियो पोस्ट करके लिखिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जल्दी तीसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर देखिए, ध्यान दीजिए गौर करिए क्या कहता है कहना की बेटा दर्शाइये समांतर चतुर्भुज के दोनों बिकर्ड उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले चार त्रिभुजों में बांटते हैं ये क्या करना है? हमें दर्शाना मतलब प्रूव करना इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में कुछ ऐसे इसको बोलेंगे सो दट द डायगोनल ऑफ अ पैरोलोग्राम सो द डायगोनल ऑफ अ पैरोलोग्राम डिवाइड इट इनटू फोर ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया सो दैट द डायगोनल ऑफ अ पैरलोग्राम डिवाइड इट इनटू फोर ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया ये हमें करना है करना है चलिए सबसे पहले हम आपको एक फिगर दिखाते हैं देखो बेटा ये किसने मतलब तो हो, हो, लो ना एक किफने है? ये लो? ये लो एक पैरलोग्राम बना लो हा? ये लो मैंने क्या किया एक पैरोग्राम बना लिया टेणा मेडा कह रहा कि इसके जो ये डायगोनल है जो मैंने अभी खींचा ध्यान देना अगर मैं बेटा इसका नाम लिख देता ए बी सी डी अगर मैं इसका ए बी सी डी नाम लिखा होता तो ये डायगोनल ए सी हो गया एक डायगोनल बी डी हो जाएगा मान लो इसके कटान बिंदु को ओ से लिख देते हैं ओ फार आउल औल्लू ठीक है आप समझो कह रहा कि जो विकर्ण है AC और ये विकर्ण भी डी त्रिभुज को चार बराबर बराबर भागों में बांट रहे हैं ऐसा सिद्ध करो ऐसा प्रूव करो चलो लिखो ग्राम ABCD बी सी डी विद डायनल ए एंड बी लिखो दिया है यहाँ पे लिखिए हल गिवन हिंदी में लिखिए दिया है क्या लिखेंगे हिंदी वाले लिख लें मैं बोल रहा हूं लिखूंगा नहीं लिखो क्या दिया है हिंदी में लिखिए एक त्रिभुज एक त्रिभुज सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी एक चतुर्भुज ए बी सी डी जिसके दो विकर्ण ए और बी डी है लिखो दिया है एक चतुर्भुज ABCD जिसके दो विकर्ण एसी और बी डी है इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे गिबेन में लिखो अ पैरलोग्राम ए बी सी डी विथ डाइगोनल ए एंड बी डी गिबेन में लिखो अ पैरलोग्राम ए बी सी डी विथ डाइगोनल ए एंड बी डी ठीक है नीचे लिखिए सिद्ध करना है सिद्ध करना है हिंदी में लिखेंगे इंग्लिश में लिखेंगे टू प्रूफ टू प्रूफ क्या करना है बेटा सिद्ध क्या करना है ए बी इसको ले लो ऊपर वाला आ, इसको थोड़ा बड़ा से लिख दो लिखो प्रूफ क्या करना है ट्राइंगल ए बी मतलब ए ओ बी ये ट्रैंगल इक्वल है किसके ट्राइंगल सी ओ बी ठीक है डन ये चारों आपस में बराबर हैं सी ओ बी या फिर बी ओ सी लिखो कुछ भी लिखो तुम चलो आगे जगह है हाँ जगह है ठीक है सी ओ डी सी ओ डी इक्वल डी ओ ए इनको तुम अलग तरीके से भी लिख सकते हो ऐसा नहीं कि ऐसे ही लिख सकते हैं हम ए ओ बी को बी ओ ए भी लिख सकते हैं तो कहीं अगर ऐसे मिलता तो कंफ्यूज ना हो ना सीओ बी को बेटा हम बी ओ सी भी लिख सकते हैं ठीक है और मैंने तीन लिखा ना वहां पे चारो लिख दिया है सी ओ डी सी ओ को हम कहीं कहीं डी ओ सी भी लिख सकते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है नहीं तो ये कहोगी आप तो ऐसे लिख रहे हो ऐसे नहीं ऐसे होता है ठीक है चलो आगे बढ़े अब ध्यान देना अब लिखिए अगली लाइन लिखिए इतना हो गया अब नीचे लिखिए प्रूफ अब हम क्या करने चल रहे हैं प्रूफ करने चल रहे हैं जो करना था लिखिए चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं हिंदी वाले लिख लेंगे ऐसा इंग्लिश वाले लिखेंगे क्या लिखेंगे भाई द डाइगोनल ऑफ पैरलोग्राम द डाइगोनल ऑफ पैरोग्राम आरबीक्ट इच अदर आरबी सेक्ट ईच अदर ठीक है इतना हो गया अब नीचे लिखो बेटा ट्राइंगल यहां पे लिखिए ट्राइंगल ए, ए बी सी में किस में एबीसी में लिखो देखो ए बी सी मतलब ये इतना ट्राइंगल ऊपर वाला ये वाला छोट हिस्सा ये वाला तो इसमें क्या है बेटा एओ बराबर है ओसी के ए ओ, ओ, सी के क्यों बराबर है क्योंकि इसमें ओ बी क्या है माध्यिका है लिखो आगे लिखो क्या लिखोगे ओबी माध्यिका है या फिर इंग्लिश में लिखोगे द ओ इज द मीडियन ठीक है लिखो यहाँ पर आ, कुरुष्टक में लिख लो भाई अः क्योंकि ओबी मादिका है और मादिका हमेशा ही त्रिभुज को दो बराबर भागों में काटती है मादिका जो होती है हमेशा त्रिभुज को दो बराबर भागों में काटती है यह सबको पता है तो इसलिए ये इतना हो जाएगा अब देखो बेटा अगर ए ओ ओ सी के बराबर है और ये इसमें क्या है मादिका है ओ तो कोई भी त्रिभुज एक एग्जांपल ले लो छोटा सा अगर ये ऐसा है इसमें बीच में मान लो ये माध्यिका हो गई जिसका नाम हम ए डी रख देते हैं तो समझना जो माध्यिका ए डी है ना वो हमेशा इस त्रिभुज को दो बराबर बराबर भागों में बांट देती है यानी ए ये डी सी और ए डीई -E, ये आपस में बराबर होंगे तो वही कंडीशन यहां भी होगी ट्रैंगल ए ओ बी इक्वल ट्राइंगल इधर का बी ओ सी बराबर हो जाएगा ठीक है ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा बी ओ सी देखो मैं C बोल रहा हूं लेकिन D लिख रहा है ये थोड़ा एक स्टेप आगे चल रहा है ये क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे क्योंकि माध्यिका इनको दो तो बराबर बराबर भागों में बांट रही है तो भैया हो बाबू हो यह इक्वेशन नंबर पहला हो जाएगा क्वेश्चन स्क्रीन से हटा दीजिए आगे बढ़िए हमने क्या किया ट्रेंगल ए बी सी में लिया था अभी तक आधे में नीचे वाला आधा भी छोड़ा हूं ए सी डी अब नीचे लिखो तिरभुज बी सी डी में ले लो चलो बी सी डी हेले मैंने इधर वाले में इतने में लिया था ऐसा क्यों कर रहे है? क्योंकि हमें ऐसा ही कुछ सिद्ध करना है ऐसा ही कुछ सिद्ध करना है तो हम ऐसा ही कुछ करेंगे समझो चलो समझो अब क्या करोगे लिखो ट्रैंगल ट्राइंगल बी सी डी में बी सी डी में बी सी डी में देखो भाई ये ओ सी इसमें मादिका है याद रखना बाबू ओसी क्या है माध्यिका है अगर ओ सी मादिका है तो ये ओ बी और ओ डी बराबर होगा भाई सीधी सी बात है लिखो ओ बी इक्वल ओ डी ब्रेकट में लिख लो क्योंकि ओ सी माध्यिका है क्या है ऐसा इसलिए है क्योंकि ओ सी क्या है माध्यिका है इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना चलो अब आगे लिखो फिर ट्रेंगल बी ओ सी ट्रेंगल बी ओ सी बराबर सी ओ डी ये क्यों है भाई ट्रेंगल बी ओ सी बराबर सी ओ डी बराबर इसलिए है क्योंकि ये माध्यिका इसको दो बराबर बराबर भागों में बांट रही है तो बी ओ सी बराबर हो जाएगा ट्रेंगल सी ओ डी ठीक है सी ओ डी ये हो गया इक्वेशन नंबर सिकेंड कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना अब नीचे लिखो इन ट्रैंगल ए सी डी ए सी डी देखो हम इसमें हर एक पक्ष को शामिल कर रहे हैं अगर आप ध्यान दो सबसे पहले हमने ए बी सी लिया यानी ये इतना पार्ट लिया हमारा हाथ ध्यान से देखो ये इतना पार्ट पहली बार लिया दूसरी बार में हमने ये इतना पार्ट लिया तीसरी बार में हम ये इतना पार्ट लेंगे मतलब पूरा कवर करेंगे तभी तो हम सिद्ध कर पाएंगे ना नीचे लिखो ट्रेंगल एसीडी में मैं इसको मिटाऊंगा ठीक है लिखो एसीडी में लिख रहे हो ना ए सी डी में लिखो बेटा ए ओ बराबर ओ सी क्या लिखोगे ए ओ बराबर ओ सी ब्रेकट में लिखो क्योंकि क्योंकि क्योंकि क्या है इसमें माध्यम है ना ओडी क्या है ओडी माध्या है चलो लिख लिए तो जैसे उसमें लिखे थे वैसे इसमें आगे करिए चलिए आगे देखती है फटाफट आगे बढ़ते हैं देखो बेटा जैसे मैंने उसमें बताया वैसे इसमें भी करना है जैसे उधर करते आए हो दो में वैसे इसमें भी कर लेंगे देखो ये अगर आप इसमें ले रहे हो ए सी डी में तो इसमें ओ सी और ओ ए बराबर है क्यों बराबर है क्योंकि ओडी क्या है माध्यिका है तो अगर ये माधिका बेटा तो ये त्रिभुज दोनों आपस में बराबर होंगे तो आप लिखो ट्रेंगल ट्रेंगल सी ओडी सी ओडी लिखो यहां पर इसलिए ट्रेंगल सी ओ इक्वल ट्रेंगल ट्रेंगल, ट्रेंगल ए डी एडी ठीक है एओडी लिख लो या फिर इसे डी ओ ए भी लिख सकते हो मतलब एक है होता है ठीक है तो ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया समझते चलो हमने अभी तक तीन पार्ट शामिल किया बेटा पहले ये लिया फिर ये लिया और अब ये लिया अब अगर आप ध्यान दो तो ये और ये और ये में चारों आ गया चारों तरफ से अब कुछ बचा नहीं है कि बचा है कहीं नहीं बचा ना सब हो गया ना आप लिखो हिंदी uh, वाले लिखेंगे समीकरण एक कामा समीकरण दो काम समीकरण तीन से इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट कामा थर्ड से लिखो अब अगर आप पीछे सारा इक्वेशन देखो अभी जो मैंने लिखा था तो वहां से आपको क्या मिलेगा वहां से आपको यही मिलेगा जो आपको यहां पे करना था ट्राइंगल ए बी एओ बी बराबर ट्रेंगल बी भाई ट्रैंगल का चिन्ह बना लो छोटा सा अच्छा रहेगा ट्रेंगल बीओसी बराबर ट्रैंगल सीओडी क्या सीओडी बराबर ट्रेंगल सी डीओए डी, यही तो सिद्ध करना था ना यही तो सिद्ध करना था ना तो लिख दो अतः सिद्ध हुआ अतः सिद्ध हुआ इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे हैंड्स प्रूफ सिद्ध हुआ देखो एक चीज और समझो हो सकता है कहीं आपकी किताब में इसकी जगह पे बी ओ डी ए लिखा हो तो बी ओ ए भी हो सकता है देखो बाबू यहां से आप ऐसे समझो मोटा मोटा मैं एक चीज समझा देता हूँ यहाँ से समझो जैसे अगर यहाँ ओ है यहाँ बी है यहाँ ए है ये एक त्रिभुज है इसका हमें नाम लिखना है हम तो यहाँ से भी गिन सकते हैं बी ओ ए ऐसे भी लिख सकते हैं इसे ट्रैंगल बी ओ ए या फिर इसे ट्राइंगल ए बी भी लिख सकते हैं यानी इधर से भी शुरू कर सकते हैं इधर से भी कर सकते हैं लेकिन इसको हम ऐसा नहीं करेंगे ओ ए बी या फिर ओ बी ए ऐसा नहीं करेंगे क्यों क्योंकि जो एक प्रकार से अगर देखा जाए जो समकोण होता जिस जिसपे हम मान रहे हैं वहां से नहीं शुरू किया जाता अगर समकोण त्रिभुज होता है तो ऐसा नहीं किया जाता है ठीक है तो यहाँ पर अगर ऊपर देखेंगे तो एक प्रकार से वो केंद्र में बन रहा है इसलिए ऐसा हम नहीं कर रहे हैं फिलहाल अगर इसके बारे में और डीपली बात करें तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन उतना टाइम तो है नहीं तो यहाँ पर आपको इतना ही मतलब था ठीक है इसमें कोई डाउट है तो बताइए जल्दी से लिखिए स्क्रीन शॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्दी करिए सुपरफास्ट चलें आगे बढ़ें चलो भाई फटाफट डन तो बच्चों ये क्वेश्चन यहीं पर परिण्ट होता है आज का ये क्लास यहीं पे खत्म हो जाएगा हो सकता है थोड़ी छोटी क्लास हुई हो तीन क्वेश्चन हो चुके हैं बड़े बड़े अगली क्लास में कल हम इसके आगे भी पढ़ाएंगे आप बिल्कुल भी हमारे साथ बने रहिएगा कहीं जाइएगा नहीं ठीक है आपका मैथ बहुत जल्दी खत्म होने वाला नाइन्थ का टेंथ का मैथ भी आपका चल रहा बेटा सुबह बजे देखते रहिए जय हिंद अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताना कमेंट जरूर करना और दोस्तों को शेयर जरूर करना ठीक है बहुत आसान भाषा में हमने पूरी मैथ पढ़ाया यूट्यूब पे आप देखो जाके बिल्कुल फ्री देखो ना और पूरा कोर्स कंप्लीट इकट्ठा पाने के लिए आप प्ले स्टोर से पी वी आर डाउनलोड कर लीजिए नंबर नीचे चल रहा है उस